दोस्तों आज मैं जिस शख्स की बात करने जा रहा हूँ ये भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रख्यात है मैं बात करने जा रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी की स्वामी विवेकानंद जी का पूरा नाम नरेंद्रनाथ विश्वनाथ दत्त था इनका जन्म 12 जनवरी अठारह को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक कूली परिवार में हुआ उनके नौ भाई बहन थे इनके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता कोर्ट में अटॉर्नी जनरल थे जो वकालत करते थे विवेकानंद की माता भुवनेश्वरी देवी सरल एवं धार्मिक विचारों वाली महिला थी ये बचपन से ही शरारती और तेज़ दिमाग के थे इनको बचपन से ही पौराणिक कथाएं सुनने का शौक़ था उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपोलिटेंट इंस्टीट्यूशन से अपनी पक्षमी शिक्षा प्राप्त की विवेकानंद जी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे विवेकानंद विशेष रूप से परिश्रम के तर्क संगत तरीके को पसंद करते थे जिसके कारण धार्मिक अंधविश्वासियों को निराशा भी हुई 18 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने मन में भगवान के दर्शन पाने की एक भरी इच्छा बना ली बहुत सी बातों में रामकृष्ण परमहंस जी से विवेकानंद जी बहुत अलग थे रामकृष्ण परमहंस जी एक स्कूली शिक्षा से दूर एक ग्रामीण व्यक्ति थे तब भी उनके एक साधारण रूप में एक आधुनिकता दिखाई देती थी विवेकानंद के आध्यात्मिक शक्ति के विषय में रामकृष्ण को जल्दी ये पता चल गया और जल्द ही उनका ध्यान विवेकानंद के ऊपर हुआ जो पहले रामकृष्ण के विचारों को सही तरीके से समझ नहीं पाते थे और रामकृष्ण की बात का विश्वास नहीं करते थे हालांकि बाद में श्री रामकृष्ण के सकारात्मक विचारों ने विवेकानंद के हृदय को पिघला दिया और वो भी रामकृष्ण से उत्पन्न होने वाली वास्तविक आध्यात्मिकता का अनुभव करने लगे उनसे शिक्षा लेने के बाद स्वामी विवेकानंद को चेतना और समाधि के गहरे स्थिति का अनुभव हुआ रामकृष्ण परमहंस जी के मृत्यु के बाद अन्य शिष्यों ने विवेकानंद को उनका नेतृत्व करने के लिए कहा ताकि वे भी रामकृष्ण जी के आध्यात्मिक विचारों से अवगत हो सके लेकिन विवेकानंद जी का ध्यान तो गरीब और भूखे लोगों पर था उनका कहना था कि मानवता से ही भगवान को पाया जा सकता है कई वर्षों के तप के बाद स्वामी जी ने भारत के कई पवित्र स्थानों का अवगत किया इसके बाद वो विदेश चले गए जहां उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण किया और सन्यासी बन गए विदेश में स्वामी जी ने अपने कुछ करीबी शिष्यों को ट्रेनिंग भी देना शुरू किया ताकि वे वेदांत की शिक्षाओं का प्रचार कर सकें। उन्होंने बाद में अमेरिका और ब्रिटेन में अपने कई सेंटर शुरू किए जहां पर लोग वेदांत की शिक्षा प्राप्त कर सकें। पश्चिमी देशों में समय बिताने के बाद विवेकानंद जी भारत वापिस लौटे भारत में सभी लोगों ने उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया भारत लौटने के बाद उन्होंने अपने मठों का पुनः आगमन किया और अपने वेदांत की सच्चाई का आदेश देना शुरू कर दिया 4 जुलाई 1902 को बेलूर भारत में उनतालीस वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया परंतु इस जीवन काल में उन्होंने कई लोगों को बहुत कुछ सिखाया है